नमस्कार मित्रों मैं कुलदीप कॉम गंगा बाबा का सेवक आपके सामने हाजिर है आ, कुछ छोटी सी जानकारी आपको देनी थी कि बाबा की किताब सच्चाई समाप्त जो बहुत पहले छपी हुई थी मेरे हिसाब से शायद नब्बे में ऐसा कुछ बोला गया मेरे से या बताया गया नब्बे के समय कुछ छपा गया तो उस किताब को पुनः दोबारा से छपवाया गया है जो कि काफ़ी क्वालिटी में भी बेहतर है हर तरह से काफ़ी अशुद्धियों को भी उसमें दूर किया गया है वो किताब जो बहुत पहले छपी हुई थी वो पढ़ने की अब स्थिति में नहीं है क्योंकि काफ़ी पहले छपवाई थी जिसकी वजह से जो पेज है काफ़ी ख़त्म हो चुके थे जिसकी वजह से इसको दोबारा छपवाया गया है जिसकी मूल कीमत जो है आई है छपाई में एक किताब की वो पचास रुपये है लेकिन इसका जो मूल्य है वो मात्र पैंतालीस रुपये रखा गया है जिस भाई बहन को ये किताब चाहिए वो अपना एड्रेस मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल सकता है या मेरे मोबाइल नंबर पर सात आठ छः नौ ज़ीरो पाँच आठ तीन बार जीरो इसपे भी संपर्क करके बता सकता है इसमें जो भी डांक खर्च आएगा या जो भी किताब का मूल्य है वो दोनों मिले आपको मेरे इसी नंबर पे आप फोन पे कर सकते हैं गूगल पे कर सकते हैं जो भी आप चलाते हैं वो कर सकते हैं और इस किताब को सुभाड आश्रम नंगा बाबा के आश्रम से भी प्राप्त कर सकते हैं वहाँ पे भी मूल्य आपको देना होगा पैंतालीस रुपये मात्र और अगर आप घर पे आपके पास समय का थोड़ा अभाव आप आने में असमर्थ हैं आश्रम में तो ये सेवा आपको घर पे भी दी जाएगी उसके लिए आपको अपना तो एड्रेस है घर का वो मुझे सेंड करना और किताब को मैं दिखा देता हूँ जो कि बाबा की है सच्चाई समर्पण ये किताब है बाबा की इसके पीछे बाबा का फोटो भी लगवाया गया है जो कि काफ़ी दुर्लभ है दुर्लभ इसलिए बोलेंगे क्योंकि बाबा ने सारी फोटो अपनी जलवा दी थी उन्हीं तो में से एक ये बची हुई फोटो थी जिसको जिस इस किताब को छापा गया बाकी जिस भाई बहन को रुचि है बाबा की किताब में वो मुझसे संपर्क कर सकता है और जो आश्रम आते हैं वो आश्रम से भी ले सकते हैं अभी आ, आपके पास समय नहीं है तो आप अपना एड्रेस मेरे को डालिए तो आपको वहाँ से प्राप्त जे